वेलकम बैक इन माइंड न्यू वीडियो तो गाइज हम खेल रहे थे सीएस रैंक हम सीएस पुश कर रहे थे गाइज न्यू चीजन आ गया था तो तो देखो भाई हमारे साथ कुछ ऐसा होता कि हम खेल ही रहे थे तो बहुत सारे गेम खेलने के बाद हमारे ऑफन में आ जाते हैं यूट्यूबर्स तो भाई तो हमारे साथ ही इंटरनेट रैंक करते थे तो आप ये वीडियो को लास्ट तक देखो वीडियो को इन्जॉय करो क्या होता है लास्ट तक बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो पान वान शान या किचान का उदान आज एक धनुष के पान पे उदार दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो पान वान शान या किचान का उदान आज एक धनुष्य बाण वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को किसी लाइक और चैनल को किसी सब्सक्राइब तो कोई ऐसी वीडियो में मिलते रहेंगे और यूट्यूबर्स रिएक्शन कुछ ऐसी होगी भाई। भाई। भाई। भाई।